सीनियर्स से बचने के बाद ध्रुव थोड़ा परेशान होते हुए सोचने लगा। फिर उसने सभी लोगों की तरफ मुड़कर कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हम पहले की तरह आगे नहीं बढ़ सकते ऐसा इसलिए क्योंकि हर कदम पर हमें सीनियर्स का खतरा है और तो और मैं ये भी भूल गया कि हम कहाँ पर हैं ये सुनकर इरा पहले तो थोड़ा झिझकने लगी लेकिन फिर उसने ध्रुव और बाकी सभी से कहा मुझे लगता है कि हमें इस जंगल में आगे बढ़ने से पहले इस जंगल के बारे में पता लगाना होगा और हमें यह भी जानना होगा कि इस फायर हंटिंग में कितने और, तो और मुझे ये भी डर है कि कहीं हमारे पीछे एक से ज्यादा सीनियर्स का घुटना लग जाए वैसे मुझे लगता है कि हम इन चीजों का पता तभी लगा पाएंगे जब हमारा सामना सीनियर्स के किसी ग्रुप से होगा मगर गलती से भी हमने बाकी सीनियर्स को भी अपने खिलाफ कर दिया फिर तो मुकाबले में जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट्स मुकाबले का काफी तजुर्बा रखते हैं वही इरा के मुंह से ये बातें सुनकर ध्रुव और बाकी तीनों काफी हैरान हो गए फिर एक पल सोचने के बाद वो लोग भी की बात के लिए राजी हुए दरअसल इरा ने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था फिलहाल के लिए ध्रुव और उसके साथ ही तो इस जगह को अच्छी तरह जानते थे और न ही अपने सीनियर्स के बारे में कुछ जानते थे इसलिए अभी नहीं तो कुछ देर बाद वो जरूर ऐसे किसी स्टूडेंट से टकराई जाते जो शायद ध्रुव और उसके साथियों से ज्यादा ताकतवर होते इसलिए अंदाधुन आगे बढ़ते रहना तो सभी के लिए बहुत खतरनाक था इतने में शान ने भी कुछ सोचकर थोड़ा परेशान होते हुए कहा फिलहाल इस जंगल में अगर कोई हमें अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट के बारे में कुछ भी बता सकता है तो वो शायद खुद अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट ही है तो क्या तुम लोग उन लोगों से यह जानकारी हासिल करना चाहते हो लेकिन कैसे ये सुनकर ध्रवेक पल के लिए तो सोच में पड़ गया जिसके बाद उसने अपने ख्यालों को जोड़ कर जवाब दिया क्या बात है ईशान मैं जितना सोचता था तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो मेरे ख्याल से हमें कुछ दूर और चलना चाहिए और आसपास देखते रहना चाहिए अगर हमें कोई मौका मिला तो हम अंदरूनी हिस्से के कुछ स्टूडेंट्स को चुन उन पर हमला कर देंगे वो लोग ताकतवर है तो हम भी कोई मामूली स्टूडेंट्स नहीं है जब तक हम लोग संभल कदम उठाए और बाकी सीनियर्स का भी ध्यान अपनी ओर न खींचे तो मेरे ख्याल से हम सीनियर्स के एक न एक ग्रुप को तो कैद कर ही सकते हैं वहीं ध्रुव की बात सुनकर लीजा और बाकियों के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी जाहिर सी बात है कि जहां बाकी सभी नए स्टूडेंट सीनियर से बचने का रास्ता खोज रहे थे वहां ध्रुव कोशिश कर रहा था कि खुद सीनियर्स पर हमला कर दे यही सोचकर ईशान ने इस बात के लिए मना करते हुए कहा ना nah, बाबा ना ये बहुत ही खतरनाक कदम है इस पर ध्रुव ने अपने पास से काले रंग की शीट बाहर निकालकर सभी को दिखाते हुए कहा सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो अगर हम यू ही पूरे जंगल में घूमकर बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहे तो जरा सोचो इसमें कितना वक्त लग जाएगा और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने भी यह देखा होगा कि वो सीनियर्स इस शीट में छिपी आग की शक्ति को कितनी बुरी तरह से चाहते हैं इसलिए मुझे लगता है कि यह आग की शक्ति अंदरूनी हिस्से के लिए बहुत जरूरी होगी तो जब वो लोग हमारी आग की शक्ति हमसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं तो फिर हम क्यों उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते इसलिए अगर हम उनसे मुकाबला उनकी आग की शक्ति के लिए करते हैं तो जानकारी ना मिलने पर भी कम से कम हमें उनकी आग की शक्ति तो मिली जाएगी ध्रुव की बात सुनते ही लीजा और की में एक चमक दिखाई देने लगी वो दोनों उसने धीरे से अपनी नजरे ईशान की तरफ करते हुए उससे पूछा अब तुम्हारा क्या कहना है वही ध्रुव के इस सवाल पर ईशान के चेहरे पर मना करने की इच्छा साफ छलक रही थी लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्यूँकी वो बाकी सभी के खिलाफ नहीं होना चाहता था आखिर में उसने जवाब दिया ठीक है इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसने सभी को इशारा करते हुए कहा अब जो कि हर कोई इस बात के लिए राजी हो गया है तो क्यों ना अपने प्लान की शुरुआत करते हैं चलो चलते हैं साथियों सीनियर से लुटने की बजाय उनकी आग की शक्ति लूटने इतना कहकर ध्रुव सबसे पहले आगे बढ़ा और फिर वो एक काली परछाई में बदलते हुए झाड़ियों घंटे के, के, तो के, के अंदर अंदर उन्हें सीनियर्स के तीन ग्रुप मिले लेकिन ध्रुव और बाकी ने उन पर हमला करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो तीनों आस पास लड़ रहे थे और अगर ध्रुव और उसके साथ ही एक ग्रुप पर हमला करते तो हो सकता था की बाकी सीनियर्स भी वहां आकर अपने साथियों को बचाने की कोशिश करते हुए को हमला नहीं किया ऐसा इसलिए क्योंकि अंदरूनी शक्ति से उसने महसूस किया की कि सौ मीटर की दूरी पर सीनियर्स का एक और ग्रुप था और तो और मुकाबले की आवाज इतनी दूरी तो आराम से तय कर लेती इसलिए खुद को बचाने के लिए ध्रुव और बाकी ने इस मौके को भी अपने हाथ से जाने दिया फिर जैसे ही सीनियर्स का वो ग्रुप वहां से गायब हुआ तो ध्रुव जाने के लिए खड़ा होने लगा लेकिन इसके बाद ने अपनी नजरे घुमाते हुए उत्तरी दिशा में देखने की कोशिश की और फिर उसे महसूस हुआ कि वहां सीनियर्स का जो ग्रुप था वो अचानक से रुक गया इस मौके को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा चलो उस दिशा में चलते हैं और इतना कहते ही ध्रुव तुरंत उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जिसे देखकर उसके साथ ही भी उसके पीछे पीछे जाने लगे वो लोग बहुत शांति से आगे बढ़ रहे थे कि कहीं से भी उनके होने की भनक किसी सीनियर को ना लग जाए फिर वो लोग परछाइयों में बदलकर तेजी से उत्तर दिशा में आगे बढ़ते रहे उसके बाद वो लोग झाड़ियों के पीछे छुपकर जंगल के खाली इलाके की तरफ देखने लगे वहां इस वक्त दस लोग दिखाई दे रहे थे जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और हर गुजरते पल के साथ कोई नया स्टूडेंट हमले का शिकार होकर खून की उल्टियां करने लगता और बेहोश हो जाता इस तरह के हमले अगले दो से तीन मिनट तक तो जारी रहे जिसके बाद सभी नए स्टूडेंट्स पूरी तरह से मुकाबला हार गए इसके बाद सीनियर्स के ग्रुप ने नए स्टूडेंट को घेर लिया और फिर वो सीनियर्स अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने लगे इतने में लीजा इरा और बाकी दोनों ने ध्रुव की तरफ नजर घुमाई और उसके इशारे का इंतजार किया वही ध्रुव इस वक्त गौर से सीनियर्स को देख रहा था और फिर उसने अपनी पहना एक लड़का अपनी शीट में तीन आंख की शक्तियां हासिल करते हुए मुस्कुराने लगा वाह आज तो हमारी किस्मत सच में बहुत अच्छी चल रही है हम लोग आज नए स्टूडेंट के दो ग्रुपों से आग की शक्ति हासिल करने में कामयाब हुए आज तो मजा ही आ गया इतना कहकर उस लड़के ने काली शीट को नए स्टूडेंट की तरफ फेंकते हुए कहा शुक्रिया नए लड़कों। अगर तुम्हें आज का हिसाब चुकता करना हो तो आगे कभी आ जाना अंदरूनी हिस्से में हम तुम्हें वहीं मिलेंगे लेकिन उसके पहले तुम्हें आग की शक्ति चाहिए होगी जो तुम्हारे पास है ही नहीं ये कहते हुए वो नीले कपड़ों वाला लड़का पीछे मुड़ा और उसने फिर अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा चलो चलकर अगले शिकार को ढूंढते हैं वहीं उस लड़के का इशारा देखकर उसके साथी भी वहां से जाने के लिए तैयार हुए लेकिन इसके पहले कि वो लोग वहां से जाते अचानक से उन्हें पेड़ के पास से कवाज सुनाई पड़ी हमें रूढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हम तो खुद ही तुम्हारे पास चलकर आए हैं। ये सुनते ही सीनियर्स के ग्रुप ने तुरंत अपनी नजरे घुमाते हुए देखा की पेड़ों के पास फिलहाल तीन लड़के और दो लड़कियां खड़ी थी उन्हें देखकर पहले तो सीनियर्स थोड़ा हैरान हुए की आखिर वो नए स्टूडेंट्स चूहों की तरह डर कर से भाग क्यूँ नहीं रहे थे और इन जूनियर्स की इतनी हिम्मत हो गई की ये खुद शिकार बनने के लिए सीनियर्स के सामने आ गए लेकिन फिर नीले कपड़ों वाले लड़के ने पांचों ने तो अगर गलती से भी ऐसा हुआ फिर तो इन्हें आगे पटाने का कोई चांस ही नहीं है इस पर उसके एक साथी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया चलो ठीक है लेकिन उन तीनों लड़कों का क्या उन पर तो हमें अच्छी छाप छोड़नी है ना ये सुनते उस नीले कैसे रहना है इसलिए सबसे पहले तो इन्हें इनका खून दिखाते हैं इस तरह के तरीकों से चीजें जल्दी समझ आती है और साथ ही इन्हें यह भी समझ आ जाएगा की सीनियर्स के सामने पेश कैसे आना चाहिए वही उस लड़के की बात सुनकर उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगे उसके बाद सभी ने पेड़ पर खड़े तीनों लड़कों की तरफ देखकर उन पर हमला करने की तैयारी की इतने में ध्रुव ने सभी सीनियर्स की तरफ एक नजर देखने के बाद पलटकर इरा ईशान बिजोरा और लीजा से कहा इन लोगों की ताकत दो सितारों वाले महादक्ष जितनी है इसलिए मेरे ख्याल से हम सभी एक एक से आराम से निपट सकते हैं ध्यान रहे की हमें मुकाबला लंबा नहीं खींचना है बल्कि उसे जल्द ऐसी जल्द खत्म करना है और इस बात का भी ध्यान रखना की गलती से भी वो लोग बच भाग ना पाए रफ्तार से अपने की तरफ दूसरी रीरा और, और बाकी के शरीर से निकलती शक्तियों को देखकर नीले कपड़ों वाले लड़के और उसके साथियों के चेहरों का रंग बदलने लगा उनकी शक्तियां देखकर सभी सीनियर्स को यह अंदाजा लग गया था कि ये नए स्टूडेंट उनसे भी ज्यादा ताकतवर थे इस बारे में सोच कर नीले कपड़ों वाले लड़के ने घबराते अपना हाथ ऊपर उठाया लेकिन इसके पहले की वो शोर मचा कर अपने साथियों को भागने का इशारा कर पाता अचानक से उसकी आंखों के ठीक सामने काले रंग की परछाई आकर खड़ी हो गई वही उस परछाई की रफ्तार देखकर नीले कपड़ों वाले लड़के की आंखों में खौफ दिखाई देने लगा और उस हमले की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो नीले कपड़ों वाला चाह कर भी उससे बच नहीं पाया वही उस हमले को अपने बेहद नजदीक आते देख उस लड़के ने घबराते हुए खुद से कहा मारे गए अब तो हमारी नाव डूबने से कोई नहीं बचा सकता सोचकर उसने एक नजर उस पर छाई के चेहरे की तरफ देखा जहां उसे एक काली ध्रुव के हमले से बचने के लिए वो नीले वाला अपना हाथ सामने एक अजीब सी शक्ति गूंजने लगी इस शक्ति के चलते जमीन पर बिखरी सूखी लकड़िया और पत्तियां उड़ते हुए हवा में दिखाई देने लगी और फिर वो पूरे इलाके में धर उधर हो गई वही ध्रुव के हाथ से टकराते ही उस नीले कपड़ों वाले को समझ आ गया की ध्रुव कितना ज्यादा ताकतवर था ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव के हाथ से टकराते ही उसे अपना हाथ सुन होता हुआ महसूस हुआ और साथ ही साथ लेकिन इस बार वो लड़का वक्त पर इस हमले से बच नहीं पाया और जैसे ही ध्रुव की मुट्ठी उसके पेट से टकराई तो एक झटके में उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पीछे जाते हुए जमीन पर गिर गया इस हमले के बाद खासते हुए वो लड़का जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर उसने तुरंत अपने शरीर से नीले रंग की शक्तियां निकालनी शुरू की जो धीरे धीरे एक शक्ति कवच में बदलने लगी मगर इसके पहले कि वो शक्ति कवच पूरी तरह तैयार हो पाता उस लड़के ने देखा और इस बार उसकी मुठ्ठी में और ज्यादा शक्तियां इकट्ठा हो रही थी ये देखकर उस नीले कपड़ों वाले लड़के की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई कैसा रहेगा ध्रुव और उसके साथियों का अपने सीनियर से मुकाबला और क्या ध्रुव अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा जानने के लिए सुनते रहिए दिवन नून आज रिवंश के साथ सुपर युद्ध था सिर्फ पॉकेट पॉकेटम पर